साथियों नमस्कार स्वागत और अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे तुला राशि के जातकों का वर्षफल 2020 कैसा रहेगा आज हम इस पर चर्चा करेंगे दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि आप लोग पूछेंगे कि इतनी जल्दी वार्षिक राशिफल क्यों जो है पंडित जी आप दे रहे हैं चूँकि भविष्य को जानने के लिए हम लोग बहुत पहले से आतुर रहते हैं इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि 2020 का वार्षिक राशिफल वक्त के थोड़ा सा पहले आपको देंगे जिसमें जब आपको आपके हाथ में हम जो है हथियार दे देंगे लड़ने के लिए तैयार कर देंगे कमर आपकी कस देंगे तभी तो आप लोग ग्रहों से लड़ पाएंगे तो इसी कारण ये राशिफल थोड़ा सा हमने पहले जो है बना करके डाला है और इस राशिफल की खूबसूरती ये रहेगी कि आठ बिंदुओं पर ये राशिफल हमारा आधारित है आर्थिक स्थिति आपकी क्या रहेगी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा हेल्थ कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र में आप कैसा प्रदर्शन करेंगे इसके साथ साथ एजुकेशन शिक्षा आपकी कैसी रहेगी आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और अंत में साल दो को प्रभावी बनाने के लिए भाग्यवर्धक उपाय आप क्या करें कि वर्षफल दो आपके लिए खुशियाँ लेकर के आए जो भी क्रूर ग्रहें हैं वो अपनी कुपित दृष्टि को जो है आपकी तरफ ना करें और आपको अच्छे रिजल्ट दे तो इन सभी विषयों पर हमारा ये राशिफल आधारित रहने वाला है तो देखिए दर्शकों साल जो है 2020 जो है शुरुआत जो है आने वाली है और राशिफल 2020 के अनुसार नव वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा क्या कुछ ले करके आएगा क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपके भी मन में अच्छे प्रश्नों का क्या जिनसे आप बिछड़े हैं आपका साथी क्या 2020 में मिलेगा या अभी तक आप अविवाहित हैं तो क्या इस साल आपका विवाह होगा नए साल में कब करें एक नई शुरुआत किस्मत कब देगी आपका साथ कब बिगड़ेंगे आपके हालात और कब बनेंगे आपके जो है भाग्य के सितारे तो इन्हीं सब यक्ष प्रश्न का उत्तर ले कर के तुला राशि के जातकों के बीच मैं ज्योतिर्बिदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी के बीच आया हूँ चलिए दर्शकों आ, कोशिश करते हैं कि हमारे बताए हुए उपाय आपको जो है आपके जीवन में नया सवेरा लेकर के आएँ लाभ लेकर के आए। तो 2020 तुला राशि फल दो के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए ये साल काफ़ी रोमांचक और बहुत से अलग अनुभवों को देने वाला सिद्ध होगा इस साल आप विशेष रूप से अलग अलग जगहों की यात्राओं पर जा सकते हैं लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा साल की शुरुआत में शनि आपके तीसरे भाव में स्थिति होगा जो कि पराक्रम का भाव है और पुनः 24 जनवरी को मकर राशि के चौथे भाव में आपके विराजमान हो जाएगा इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे और तीस मार्च को चौथे भाव में ये चले जाएंगे पुनः 30 जून को वक्री होने के बाद ये तीसरे भाव पराक्रम के भाव में आपके विराजमान फिर से हो जाएंगे गौरतलब है दर्शकों कि 20 नवंबर को बृहस्पति मार्गी होने के दौरान आपके चौथे भाव में स्थिति होंगे स्थित होंगे राहु आपके नवम भाव में विराजमान होंगे और सितंबर के मध्य में दर्शकों ये वापस से आपके अष्टम भाव में स्थित हो जाएंगे इस दौरान खासकर दर्शकों आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसके अलावा बेवजह के झगड़ों में बात विवाद में आपको दूर रखना होगा दूसरों के लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा कोशिश कीजिएगा कि धूम्रपान का सेवन मत करिएगा मांसाहार से दूर रहिएगा एल्कोहल से दूर रहिएगा तो साल दो के राशिफल के अनुसार इस साल धार्मिक कार्यों की तरफ भी आपका झुकाव और रुझान रहेगा किसी तीर्थ यात्रा पर भी आपका जाना हो सकता है जहाँ एक तरफ आपकी कुछ मुख्य समस्याओं का हल होगा अंत होगा वहीं दूसरी तरफ नई समस्याएं, नई चुनौतियाँ नए टास्कों का सामना आपको करना पड़ेगा इच्छा शक्ति की मजबूती और आंतरिक विकास के लिए कुछ पल अकेले बिताना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा अप्रैल के माह में विदेश यात्राओं के योगदर्शकों बन रहे हैं किसी ठंडी जगहों पर यात्रा के लिए जा सकते हैं पूर्व में किए गए निवेश आपको अच्छा लाभ देंगे और पूर्व में किए गए किसी कार्य का लाभ इस वर्ष आपको प्राप्त होगा जून से सितंबर के महीने में माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा चलिए ये तो ओवरऑल था अब विस्तार से जानते हैं कि साल दो में विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर कैसा बीतेगा आपका साल सबसे पहले आर्थिक स्थिति की हम बात कर लेते हैं तो आर्थिक स्थिति धन की स्थिति कैसी रहेगी तुला राशिफल के लिए तो तुला राशिफल के जातकों दो हज़ार के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए अच्छा फलदायी रहने वाला है जनवरी से अप्रैल और जुलाई से नवंबर के बीच का समय आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आय के नए स्रोत बनेंगे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं इनकम अच्छी रहेगी खर्च उससे भी अच्छा रहेगा धन से संबंधित लेन देन के मामलों में सूझबूझ से आप लोग काम लेंगे तो बेहतर रहेगा परिवार में इस साल किसी विशेष शुभ उत्सव के दौरान खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन अप्रैल से जुलाई के बीच जमीन जायदाद या गाड़ी खरीद सकते हैं निवेश के मामलों में थोड़ी सी सावधानी से काम लें तो बेहतर रहेगा बेहतर होगा कि इस साल अपने निवेश के पहले साल की शुरुआत में ही पूरी प्लानिंग कर लें किसी अच्छे व्यक्तियों से आप लोग सलाह लीजिए जो अनुभवी हो, उसके अनुसार ही जो है चले तो ठीक रहेगा उनके कहने के अनुसार साल के मध्य में भाग्योदय की आपके प्रबल संभावना है ये समय भविष्य के लिए किए जाने वाले निवेशों के लिए अति उत्तम रहेगा शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है देखा जाए तो ये साल तुला राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ ले करके आया है बहुत अच्छा आपको रिजल्ट वाला है तैयार तो रहिएगा स्वागत करिएगा साल, के... तो साल की शुरुआत में शनि चौबीस जनवरी को आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा और फलस्वरूप ये आपके छठे भाव दसवें भाव और लग्न को प्रभावित करेगा जी हाँ शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि दसम दृष्टि तो लिहाजा कार्यक्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी अप्रैल से जुलाई के माह में बृहस्पति जो देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके चौथे भाव में विराजमान होने की वजह से कार्यक्षेत्र में उहदे में आपके वृद्धि होगी आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी मनपसंद जगह स्थानांतरण भी आपका मार्च अप्रैल में अप्रैल में हो सकता है दिसंबर के महीने में विशेष रूप से पदोन्नति हो सकती है और अप्रैल से नवंबर के मध्य में किसी नई जगह आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए ही बना है इस साल शुरुआत जो है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी कोई सफलता का जो है स, जो है सफल होने के लिए कोई अलग हट के काम नहीं करना है कार्य को स्मार्ट तरीके से करिए तो आप सफल हो जाएंगे किसी एक्सपर्ट से सलाह मशूरा करने के बाद किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जिनका बिजनेस स्थापित है उनके लिए इस साल काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है काफ़ी कुछ वो इस साल अचीव करते हुए नज़र आएंगे खास करके जो लोग फूड से रिलेटेड है एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं और जो है ट्रेवल एजेंसी से रिलेटेड हैं ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है कला संगीत के क्षेत्र में है इनको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही एजुकेशन की बात करें कि तुला राशि के जातकों का शिक्षा कैसा रहेगा 2020 में तो 2020 में विद्यार्थियों के लिए साल अच्छा रहेगा मिला जुला परिणाम लेकर के आएगा हालांकि ये समय आपके लिए जो रहेगा फलदायी रहेगा जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उनके रिज़ल्ट 2019 में नहीं आए थे लेकिन 2020 ऐसा नहीं जाएगा मेहनत करने के साथ वो चीज़ें आपके मार्कशीट पर दिखेंगी रिज़ल्ट आपके अच्छे आएंगे आप अपने खुद की आदतों की वजह से बेवजह परेशानी का सामना करना जो है पड़ सकता है तो बे जो है मतलब बेहतर होगा कि आप अपने अंदर से आलस का कर त्याग करें जून से नवम्बर का समय उच्च शिक्षा के लिए सफलता भरा रहेगा वहीं आप लोग बाहर विदेश जा कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जा सकते हैं मई से सितम्बर के मध्य में शिक्षा की दिशा में विदेश यात्राओं जा सकते हैं मुख्य तौर से देखा जाए तो ये साल शिक्षा के दृष्टिकोण से लिए आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है और मन सफलता वाला रहेगा लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी देखिए हम ज्योतिषी हैं हम आपको एक ट्रैक दे सकते हैं एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं हम आपकी जगह पेपर जो है देने नहीं जाएंगे या एग्जाम देने नहीं जाएंगे ज्योतिसी का काम क्या होता है दिशा दिखाना बरसात हो रही हो छतरी देंगे खोलेंगे आप तो बचे रहेंगे नहीं खोलेंगे तो भीग जाएंगे चलिए दर्शकों पारिवारिक जीवन की ओर चलते हैं तो पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल काफ़ी अच्छा गुजरेगा अगर आप लंबे वक्त से परिवार से दूर रह रहे हैं तो यह साल आपकी घर वापसी हो सकती है वतन वापसी हो सकती है और साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा अब आप कहेंगे पंडित जी आपने वतन वापसी क्यों कही कुछ लोग मर्चेंट नेबी में तैनात रहते हैं छः छः महीने एक एक साल तक शिप पे रहते हैं वो लोग आ सकते हैं और तो काफ़ी अच्छा वक्त बीतने वाला है इस साल जो है आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है परिवार के पास करीब आ सकते हैं परिवार के बड़े सदस्यों के साथ बड़े भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं अपनी वाड़ी पर यहाँ पर आपको संयम रखने के सितारे सलाह देंगे वहीं अप्रैल से जुलाई के बीच पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित आप करते हुए नजर आ रहे हैं मार्च महीने के बाद सामाजिक दृष्टिकोण से परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और घर में आपके खुशियों का आगमन होगा इस दौरान ध्यान रखने की बात यह है कि परिवार में किसी प्रकार के वाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा तो कुल मिलाकर के एवरेज रहेगा पारिवारिक स्थिति और सुखदायी सिद्ध होगा ये साल वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं और संतान पक्ष की बात कर लेते हैं तो तुला राशि के जातकों वर्षफल दो के अनुसार इस साल की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए वैवाहिक दृष्टिकोण से चिंताजनक साबित होती हुई दिखाई दे रही खास करके जो है अगर आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा फरवरी के बाद स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है जनवरी और फरवरी दो माह आप लोग काफ़ी परेशान रहेंगे वैवाहिक जीवन के सभी लाभ उठा पाने में सक्षम रहेंगे आपके जीवन साथी को कार्य में तरक्की मिल सकती है लेकिन इस दौरान उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद बनेंगे तो इस स्थिति से आपको बचना रहेगा जून से नवंबर के बीच कुछ मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ सकता है एक बात और बताना चाहेंगे तुला राशि के जातकों कि अपने अंदर पेशेंस रखिएगा धैर्य रखिएगा धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है तो संतान के प्रति यदि हम दायित्व की बात करें तो इस साल विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आपके पास आने की प्रबल संभावना है बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा आपकी जो संतान है ये आपका नाम करेंगी और इनके कारण आप जाने जाएंगे इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहें आपके बच्चे यदि उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं प्रेम संबंध पर आगे बढ़े तुला राशि के जात को एक बात हम आप लोगों से जो है शेयर करना चाहते हैं ये राशिफल से थोड़ी सी हटके है दो मिनट का समय दीजिएगा पूजा पाठ के नाम पर यूट्यूब पर फेसबुक पर तमाम ऐसे फर्जी लोग चल चले हैं कि जो कि दावा करते हैं कि हम जो है नागपंचमी के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन दीपावली के दिन होली के दिन और क्या कहते हैं काल सर्पदोष की पूजा करा देंगे या जो है इसकी शांति करा देंगे मूल शांति करा देंगे यहाँ ये पूजा कराएँगे वो पूजा कराएँगे दर्शकों कुछ नहीं होता है आप लोगों से सिर्फ पैसे ले, ले लेते हैं इसके अलावा और वो लोग कुछ नहीं करते हैं और आप लोगों के पास पैसे भी अधिक होते हैं कि आप लोग फटाक से दे भी देते हैं इन चीज़ों से देखिए दर्शकों आपको बचना रहेगा अगर नहीं बचेंगे तो भाई पैसा आपका है अगर वही पैसा आप अपने घर में किसी पंडित को बुला करके पूजा करा लीजिए आप यहाँ बैठे हैं पंडित जी हजार दो हजार किलोमीटर दूर बैठे हैं पूजा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पूजा में संकल्प इत्यादि का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है बहुत बड़े बड़े पंडित जी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं ईमानदारी का चोला हो रहे हैं लेकिन बहुत बड़े डकैत हैं उनको हम डकैत बोलेंगे और बेईमान हैं जो कि आप लोगों का पैसा मीठी मीठी बातें बोल के छलते हैं ऐसे लोगों से आपको देखिए दर्शकों बचना रहेगा और एक बात और बताएँ तमाम भविष्यवाणियाँ चल जाती हैं हम भी चाहें तो डेली एक भविष्यवाणी डाल सकते हैं हालात और परिस्थिति देख के कोई भी जो है भविष्यवाणी करना जो है कोई बड़ी बात नहीं है अब कश्मीर में सेना चली गई एक लाख फौज गई पचास हज़ार फिर गई लोगों ने जो है जान लिया मीडिया से भी खबर आ रही थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर पैंतीस से 370 को लेकर होगा इसको कोई एक छोटा बच्चा 10-12 साल का भी बता सकता है तो ये ज्योतिष नहीं होता ज्योतिष का मतलब होता है कि छः महीने साल भर पहले जो है आप लोग भविष्यवाणी कीजिए उसको ज्योतिषी बोलते हैं हालात देख तो इससे अच्छे तो फिर हमारे रिपोर्टर लोग हैं उनसे बड़ा तो कोई ज्योतिसी नहीं होगा तो ऐसे लोगों से भी आपको जो है भ्रम से बचना रहेगा एक एक दिन कल क्या होने वाला आज भविष्यवाणी अरे हालात देखकर के बता तो रहे हैं कि कोई भी जो है मीडिया वाले से अच्छा कोई ज्योति हो ही नहीं सकता है तो चलिए दर्शकों अब हम चलते हैं प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा क्योंकि प्रेम संबंध सभी लोग जानना चाहते हैं तुला राशि के जातकों राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए साल प्रेम के लिए अच्छा खासा रिजल्ट लेकर के आया है काफी कुछ फलदाई सिद्ध रहने वाला है इस साल प्रेम संबंध आपके सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे और जीवन में आपके शांति बनी रहेगी ऐसे लोग जो अपने प्रेमी के साथ विवाह करने की सोच रहे थे उनके लिए ये साल मनचाहा फल देने वाला साबित होगा यानि कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो सकती है नाइन्टी नाइन होगा अपने प्रेमी की जरूरतों पर खास ध्यान दीजिएगा और रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए समय समय पर झूठी तारीफ़ी कर दीजिएगा लेकिन कर जरूर दीजिएगा ऐसे काम करने से आपको बचना रहेगा जो आपके जीवन साथी के दिल को चोट पहुँचाए देखिए ये सब हम आपको बता रहे हैं आपके रिश्ते बचाने के लिए बचाना ना बचाना आपका काम है दर्शकों प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना देखिए बहुत ज़रूरी होती है और कहते हैं ना रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए तो ऐसा कोई कार्य मत करिएगा कि गांठ पड़े मई से सितंबर का महीना आपके प्रेमी जीवन के लिए अच्छा रहेगा कोई नया आपको जो है प्रेमी मिल सकता है यदि आपका जो है अकेले रह रहे हो तो इस साल किसी नए जो है लोगों के साथ आपके रिलेशन बन सकते हैं वीकेंड इत्यादि पर आप लोग अपने प्रेमी और प्रेमिकाएं घूमने बाहर जा सकते हैं स्वास्थ्य की ओर आते हैं क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए जो है निम्न फलदाई रहेगा साल की शुरुआत में सेहत के लिहाज से ऊर्जावान तथा स्वस्थ महसूस करेंगे फल स्वरूप मानसिक और शारीरिक रूप से भी देखिए दर्शकों आप लोग फिट रहेंगे लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है पाइल्स हो गया डायबिटीज हो गया पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई जोड़ों का दर्द हो गया आँखों से रिलेटेड दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है तो इस साल अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा और समय समय पर चिकित्सीय परामर्श डॉक्टर की सलाह आप लोग लेते रहें तो ठीक रहेगा नियमित रूप से नियमित रूप से आप लोग व्यायाम करिए स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन करिए जंक फूड से दूर रहिए और छोटे मोटे रोगों से तो आप जो है स्वस्थ यदि आप जो है स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ ले रहे हैं तो दूर जो है मतलब छोटे मोटे रोग से निजात पा सकते हैं तनाव मुक्त रहने का हर संभव प्रयास यदि आप करें तो ठीक रहेगा अच्छे परिणामों के लिए साल दो में हम आप लोगों को देखिए कुछ उपाय बताएंगे इनको आप लोग जरूर करिएगा तो आपको करना क्या रहेगा शनिवार के दिन मंदिर जा कर के आपको काले चने बांटना है और गरीबों की मदद करनी है शुक्रवार और सोमवार के दिन चीटियों को आटा खिलाइएगा लेकिन उसमें शक्कर जरूर डाल दीजिएगा कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों को सैटरडे के दिन अदरक वाली चाय जरूर पिलाइएगा कोशिश कीजिएगा हीरा या ओपेल जेम जो है मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा या हमसे भी आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं हमसे कोई बैर नहीं इतनी देर से आप लोग राशिफल सुन रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण भी आप किसी योग्य ज्योति से करवा लीजिए और उसके बाद रत्नों का चयन करिए रत्नों के चयन में विशेष सावधानी बरतने की यहाँ पर सितारे सलाह देते हैं गाय की सेवा करनी रहेगी कोशिश करना है मंगलवार वाले दिन गाय को रोटी और गुड़ आपको खिलाना रहेगा नवरात्र में छोटी कन्याओं को आप लोग जो है उन उनका आशीर्वाद दीजिए उनको कुछ दक्षिणा दीजिए कन्या पूजन आप लोग करिए तो ये सब प्रयोग जो रहेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर के आने वाले रहेंगे कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ दर्शकों यदि अभी तक आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने भी ये नहीं किए हैं तब भी सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए बगल में बना शेयर ऑप्शन जरूर दबाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक हर जगह छाप दीजिए क्योंकि जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको ईमानदारी मिलेगी यहाँ पर आपको छला नहीं जाएगा जैसा कि अन्य ज्योतिषी लोग करते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हल करते हैं तो दर्शकों यदि आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना है टेलीफोन के माध्यम से स्क्रीन के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आपके शहर में हम आते हैं आप लोग स्क्रीन पर भी देखिए तमाम जो है आप लोग देख सकते हैं जो नीचे चलचित्र चल रहा चल है कि हम कब कब आ रहे हैं आप लोग संपर्क करिए हमारे ऑफिस में और अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए राशिफल वर्षफल महाराशिफल इसको कहिए 2020 कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं तब तक के लिए नमस्कार